जय माता जी जय माता मा और सुनाओ कैसे क्या साधना वगैरह कैसे क्या चल रहा है सब कुछ मेरी बात कर रहे हो तुम्हारी बात कर रहा, रहा हूँ वो दो दिन से मगज घूम गया था आज से माला सब वगैरह स्टार्ट करूंगा ये सब किया ना आज हुआ आराम हुआ तुरंत आज जो उतर जो किया ना मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे घूम रही थी नहीं ए? मैं जो पूछ मैं जो चीज पूछ रहा हूँ उसका जवाब हुआ, हुआ तो फिर हम तो वही वाली तो बात है हम तुरंत वाला काम करते हैं भैया तुरंत काम हो और महारान अष्टलक्ष्मी महायोगनी का अनुभव सुन लो आशीष बरगल ने और एक अपने प्रवीण करके बंदे ने करी थी प्रवीण जिसका मैं ना, नाम लेता ना यूट्यूब पे ये आशीष बर्गल आशीष म्यूट कर खोलो अनम्यूट करो पहले जी जी भैया अब बताओ वापिस से क्यूँकी अब लाइव जो है वो डलेगा यूट्यूब चैनल पे वो अलग क्या कि तुम ही जुड़े हुए थे बाकी के जुड़े हुए नहीं थे इस हिसाब से तो बाकी अब बताओ क्या अनुभव रहा अनुभव तो ऐसा था कि जो चीज पॉसिबल नहीं थी मेरे काम के लिए गाड़ी का आ, हाँ। वो मेरे को हो गया था धनतेरस के दिन जिस दिन बैठे उसी दिन काम करवा दिया और क्या चाहिए जो पेमेंट का भी था नहीं आ रहा था जो आपको देना था साधना के लिए वो भी हाँ। नहीं था मेरे पास अरे कोई तो की किया था ना हाँ, वो, भी नहीं था वो, आ... वो भी नहीं था मेरे पास वो भी नहीं था मेरे पास तो मैंने फिर मिलडी माता को बोला उनके सामने मोबाइल रखा मैंने बोला ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा है तो फिर उसको फोन काटा और उसने हाथों पैसे डाल दिया तो वो पैसे फिर मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया था और फिर वो साधना की थी मैंने मतलब तो मिल जाता मेन चीज यही होता है ना भरोसा जब रखोगे ना शक्ति के ऊपर भरोसा रखोगे तो बहुत कुछ होगा भरोसा और विश्वास सबसे जरूरी आ, है भरोसा आ, और विश्वास करना सीखो तो सब कुछ होता है जी, जी। बाकी अनुभव तो, तो चल रहे का तो काम चालू हुआ बाकी तो और, और साधना वगेरा में कैसा क्या अनुभव रहा साधना में तो अच्छा अनुभव रहा शांति से हो गया सब कोई प्रॉब्लम नहीं के आओ आप के लेके आओ सामने जय जय जय जय भवानी। भवानी भवानी माता जी, गुरु जी। सवारी आई। गुरु जी। बोल रहा हूं, सवारी आ, आई। आई। आई गुरु जी आई आई। अरे बोल रहा और सब बढ़िया चल रहा है उसके बाद हाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है माता जी सब कुछ अच्छा कर रहे है। आ, आरो अपने हेमंत जी को तुरंत आराम हो रहे हैं चीजों से हाँ हेमंत जी अब शांत हो गए मैं जिसका बोलता हूँ ना कि हेमंत जी है जो शक्ति शक्तिश्वरी महामाई मातेश्वरी मेलडी मंत्र से ही सब कुछ काम करते हैं माता रानी उस चीज से जी। भी सुनती है उसकी काम करती है जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े मंत्र लेके बैठो और बड़ी बड़ी चीजें करो ये वही है जी जी मैं जी जो था जब भरोसा और विश्वास होता है हाँ। पे माता जी करते ही हैं ये ही जी हैं ये देसाई अभी आए देखो शायद कैमरा चालू हो नहीं रहा है उनका हो गया जय माता जी शैलेश जी शायद आवाज नहीं आ रही है तो बाकी और सुनाओ हेमंत जी क्या क्या रहा अनुभव साधना भी करी है ना तुमने तो अनुभव अच्छा रहते हैं जब मैंने वाला वाला भी करा था वाला क्या तो अनुभव रहा सबसे पहले तो ये बताओ चलो ठीक है जो जो मेरी साधना करी उनके बारे में पूछता हूँ उलट नर्सिंग का क्या तो, रहा उससे तो मैं सब खराब चीज निकालता था कोई बंदा ने खराब किया और में आ जाता था तो उसको उससे निकाल देता था और जो राज राजेश्वरी जो तो मंत्र है उसमें एक लेता था और दो या पांच लौंग लेता था उसके अंदर डाल के वो मंत्र जी तो मेरी आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है शैलज जी आ, ना का जवाब था तो गर्दन में मैं समझ जाऊंगा शैलेशमत जी मेरी मेरी आवाज आवाज आ आ रही रही है आपको शायद नहीं आ रही मेरी। आ? आ हाँ, आप बोलते रहो जी आप बोलते रहो कोई दिक्कत की बात नहीं कंटिन्यू चलना तो वीडियो तो तो वो लीम्बू से सब निकाल देता था और मेरे माझी की तबियत तो पूरी सीरियस हो गई थी कुछ तो हाँ। था उसमें तो माता जी ने बोला रात को डाल दो हाँ। उतार करके तो माझी को उतार करके मैंने नीरव से कराया और डाल दिया तो माझी एकदम रेडी हो गई है अभी चलो ठीक है माता चीज़ यही है की लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते सिंपल सी बात यह है नहीं, नहीं बोल रहा ऐसी बात नहीं है हम तो नहीं? वो मेलड़ी माता का मंदिर है गुरु जी हाँ। राजकोट में हाँ। तो वहाँ पे मैं कल गया था हाँ। तो वहाँ पे बैठ के मैं मंत्र जप करवा रहा था आदिशक्ति राजेश्वरी का हाँ। तो वहां से एक अलग प्रकार की ऊर्जा मेरे को मिल रही थी सब अच्छा होने लगा था बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल रही थी तो मिलेगी मंदिर जाके करोगे तो मंदिर की बात तो अलग होती है ना मैं खुद बोलता हूँ क्या मंदिर जाके करोगे किसी भी चीज के लिए तो उसकी बात अलग रहेगी ओ तो नीरो बोल रहे है, मंत्र कैसे सिद्ध करूं। मंत्र भी सिद्ध करवाएंगे सब कुछ करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप चलो ज्यादा अच्छा रहेगा सबसे पहले अब एक और ग्रुप में बनाने वाला हूँ ठीक है जिन लोगों को कंटिन्यू सिखाना है उन लोगों के लिए उसमें स्टार्टिंग से सारी चीजें करवाएंगे ठीक है तो मेरडी माता के लिए स्टार्टिंग से आपको चालीसा भी करवाई जाएगी और भी जो नियम टाइम टू टाइम होना चाहिए वो सारी चीजें करवाई जाएगी उससे सिंपल सी बात है प्रत्यक्षीकरण के बहुत ज्यादा आसार बनते हैं माता के प्रत्यक्षकरण के अभी चालू कर रहा हूँ एक ग्रुप अभी जैसे की सभी को पता है की मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है की शिविर लगने वाला है ठीक है तो शिविर तो लगेगा ही सही तो शिविर के साथ साथ मैं एक चीज और रख रहा हूँ की ग्रुप भी बनाया जाएगा उस ग्रुप में बहुत झापड़ी और मा मसानी मेलडी के साथ में बहुत ठीक है तो जो जुड़ेगा वो पाएगा सिंपल सी बात यह है अब अष्टलक्ष्मी डिब्बी भी तैयार करी है तो देखते हैं किसके पास पोस्टी और किसका नसीब जगाती है जैसे की आशीष ने करा था तो आशीष को तुरंत तीन दिन हुए तो शायद है ना आशीष करे हुए जी जी तीन दिन हुआ था तीन दिन में उनका काम बनाया माता रानी ने और तीन दिन में उनको जो गाड़ी चाहिए थी वो गाड़ी उनको मिली है और बाकी भी उनके क्लाइंट वगैरह भी उनसे जुड़ रहे हैं सही बोल रहा हूँ जी जी जी तो वही है कि देखते जाओ देखो धीरे धीरे जी. करके सारी चीजें मिलती जी. है कोई भी बंदा एक दिन के अंदर पूर्ण रूप से नहीं बन सकता अगर साधक के अंदर तीन चार चीजें जरूरी होती है एक होता है धैर्य रखना की वो अगर धैर्य रखेगा तो उसको बहुत कुछ मिलेगा जी और दूसरा होता है कि आपको श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी है देवी देवता के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखोगे ना उससे अच्छा आपका उतना ही देखो आप साधना क्षेत्र में जाते हो तो बहुत सारे बंदे आपको ये भी बोलते हैं कि नहीं इस देवी की साधना नहीं करनी चाहिए ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए तो सिंपल सी बात है पहले खुद का आत्मविश्वास कम्प्लीट कर लो कि हाँ हमको करना है बाकी अगर आप साधना करते हुए आपके साथ जो चीज होने की है और वो चीज भी घटती है तो आपको ये लगता है कि क्या पता मैंने साधना उठाई माता जी की या किसी शक्ति की साधना कर रहा हूं तो उस कारण से प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है तो खुद के अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए देवी देवता के ऊपर भरोसा सबसे पहले तो वो आगे जिसको भी आप गुरु रूप में मानते हो उनका दिया हुआ मंत्र एक गुरु मंत्र हमेशा होता है आप शक्ति को भी गुरु रूप में धारण करोगे तो उनका भी एक मंत्र होगा जो आप गुरु रूप में धारण जिस शक्ति को करोगे तो आपको उनके भी नाम का जब करना ही करना है और भी बहुत सारे प्रोसेस है जो अभी तक लोगों को पता नहीं है आगे धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे बाकी स्के स्के करने में मजा नहीं आते हैं स्केनिंग खुद बताओ तो मजे आते हैं और बहुत जल्दी माला के ऊपर भी देखना बताऊंगा आप लोगों को माला के ऊपर आप अगला पिछला सब कैसे देख सकते हो हेलो हेलो जी एक बात जी क्या आवाज आवाज आएगी में जी भी पे पे का मैं क्या बोल रहा हूँ सौराष्ट्र के अंदर सौराष्ट्र के अंदर जो माता जी का जो काम सिखाने वाला कोई बंदा नहीं है आ, और जो बंदा है माताजी का जो काम करते हैं वो सिखाते तो नहीं है और मना करते है की नहीं करना है तुम लोगों को और जो ऐसे नहीं मानता तो उसको परेशान कुछ करने लगते हैं तो तो सौराष्ट्र के अंदर कोई सिखाना बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जिसको ये सब सीखना है लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है उसके पास के सके सिंपल जी बात है दो या तीन दिन के बाद अपना मिलना हो ही रहा है ना सिंपल सी बात है मैंने तो एक ही चीज बोली बंदों को लेके आने की तुम्हारी उनको कंप्लीट करके देने की मेरी ठीक है आपका आपका आशीर्वाद होगा का और आपका तो कुछ होगा बाकी सभी को सिखाएंगे देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज साथ में लेकर जाने के लिए नहीं आए ठीक है लोगों को सिखाना ही है सिंपल सी बात है आज एक जगह पे भी किसी को सिखाते है तो मैं तो यही बोलता हूं कि आप बिल्कुल लोगों को गाइड करो जो आपको हो सकता है वो चीजें बताओ बहुत सारी चीजें मेरे मैंने चैनल पे दे रखी है तो आप उन चीजों को अगर खुद उतारोगे ना लाइव में तो बहुत सारी चीजें होगी जैसे कि आपको अगर किसी बंदे को ये भी पता नहीं चलता की उसके साथ कौन सी शक्ति चल रही है कौन सी नहीं चल रही है तो उसके लिए भी अगर उपाय करोगे तो पता चलेगा बिना उपाय करे तो कुछ कोई चीज पता नहीं चलेगी एक माइक्रोफोन माइक्रोफोन का निशान आ रहा होगा आप तो हो आपके इसमें हो आगे उस के सिम्बॉल दिखेगा सबसे फर्स्ट में उसको आप दबाओगे ना जैसे तो वैसे ही आपकी आवाज मेरे को आना स्टार्ट हो जाएगी पहले आप उसको म्यूट अनम्यूट से हटा दो आपके इसमें अनम्यूट में डाला हुआ है इस कारण से आवाज नहीं आ रही है बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके आप लोगों को बताएंगे बहुत सारे बंदे हैं जो कि जुड़े ही नहीं है वापिस से जूम मीटिंग रखेंगे अब हर रही और मंगलवार के दिन जूम मीटिंग वाला रखेंगे तो उस दिन आप जुड़ सकते हो ये कौन आया है ठीक है बिल्कुल लिंक मिलती रहेगी बाकी हो सकेगा तो ग्रुप ग्रुप में जोड़ दूंगा नीरव को और आपको भी जोड़ दूंगा ताकि आपके पास भी आता रहे ठीक है है और और ये एक और भी कौन है, जो कि चालू ही नहीं कर रहा अपना कुछ भी शायद रिमूव होने के लिए आया हुआ यार जो भी है सामने आ जाओ एक बार ताकि वरना फिर मेरे रिम्यू करना पड़े उससे अच्छा है की सामने आ जाओगे तो पता चल जाएगा की कौन है कौन नहीं है खराब विचार आ रहा है नेगेटिव कुछ मतलब कभी कभी चीज किस, किस को लेके खराब विचार आ रहे हैं ओ रहा है वो गारू वाला वो सब ऐसा घर वाला नहीं आती है मन में कुछ ऐसा विचार सब कुछ उल्टे आते हैं लेकिन कुछ करता नहीं वो ओ, होता है सब कुछ अच्छा लेकिन वो मन में कभी कभी गलत विचार आ जाते है मैंने उसके लिए एक उपाय बताया कल का लाइव देखना अगर किसी को वो सपने के लिए भी है मन में अगर गलत विचार आते हैं तो उनके लिए भी है वो सारी चीजों के लिए तो आप एक बार वो आला तरीका करके देखना आपको उससे तुरंत आराम मिलेगा ठीक है बाकी अभी जो जो अभी करवाया है मैंने इनके लिए क्या नाम है अपना हेमंत जी के लिए वो वाला तरीका भी आप कर सकते हो उससे भी आराम हो जाएगा हेमंत क्या हुआ गुरु जी हाँ फिर से बताओ आप फिर हज कट गए बीच में नहीं तो था या तो नहीं। मेरे कल वाला कर लेना, उस विधि हेमंत जी को तुरंत आराम हुआ वैसे आपको भी तुरंत आराम हो जाएगा ठीक है हेमंत जी करेंगे इसके साथ मेरा भी कर देगा ठीक है बाकी देखते हैं वापस से देखूंगा जूम मीटिंग के लिए क्योंकि मैंने किसी को भी बोला नहीं था कि मैं मीटिंग पे आऊंगा लेकिन एकदम से मूड मूड हुआ कि नहीं जूम मीटिंग पे आ जाना चाहिए तो मैं जूम मीटिंग पे आ गया था बाकी वापस सभी को बताया भी जाएगा शायद ऐसा लग रहा मेरे को की जूम मीटिंग पे आने के पहले बताना भी पड़ेगा कि कैसे क्या होगा मनीष राणा म्यूट तो कर दो पहले जय माता जी जय माता मनीष जी जी, जी, जी।, जी अहमदाबाद से हाँ अहमदाबाद से वो पता है बोलिए जी बस आ, माता एक्चुअली क्या है कि मुझे ये पूछना था कि माता एक्चुअली बहुत टाइम से पूछ रहे है मगर वो चालू नहीं हो रही है पूछ रहे है मगर आ, चालू नहीं हो रही है अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही क्या है की प्रसंग भी गया था आ, आ, हवन वगैरा वो बुआ जी को भी जो होता है उनको पेड़ा था वगैरह पर उनको पूछा नहीं था आपसे मेरी बात हुई तो थी वो ही हो ना हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं बात हुई थी। उसमें डाला था आपको देख लेता हूँ और पूरा नाम क्या है आपका आधार कार्ड पे मनीष मनीष गोपाल भाई राणा। आधार कार्ड पे क्या दे रखा है मनीष गोपाल भाई राणा ही है उसके ऊपर मनीष गोपाल भाई राणा हाँ ठीक है मिल गया कौन है आ बुआ जी ने जैसे बताया था वैसे चामुंड माता है बट हम हम पहले के के को पूछते थे अच्छा बाद माता लड़ाई में में किसी किसी के कोई आपके पापा वगैरह की भी तबीयत खराब रहती है क्या हाँ कई बात बहुत सिंपल जी बात है आप पे और मेडी माता भेजी हुई है आप जो चाहते है वो काम आपका नहीं हो रहा है तो वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि क्रिया में आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर मेलडी माता आप पे और आपके पापा के ऊपर भेजी हुई है जी उस कारण से प्रॉब्लम हो रही है जी ठीक है और जिसके बाद इस, आपके घर में एक आपके जो पूर्वज है मतलब जो कि आप क्या बोलते हो आपके इधर से जो जेंट्स में जाते हैं, उनको क्या बोलते हो आप पितु। पितु। आ, बोलते हो तो वो कौन है घर में पितर कौन है जो जेंट्स में जेंट्स में अभी कोई बिठाया हुआ नहीं है हमने और पितर है बिठाया नहीं। हुआ नहीं है लेकिन पितर तो है ना वो एक्चुअली पता नहीं है हम एक्चुअली क्या हमें जी ने बोला था उस तरीके से हम पानीया करते हैं। आ, दो पे पे ने दिया ने कर ने नुँ नुँ नुँ नुँ नुँ है और करो, से मैं पित्तर आपके घर में कौन है उनको आपको बिठाना पड़ेगा उनकी प्रॉब्लम चल रही है आपकी चामुंडा जो आपकी कुलदेवी है उनकी कुलदेवी की प्रॉब्लम चल रही है मेरडी माता भेजी हुई है तो आपकी चामुंडा माता वैसे भी बंदी हुई है ठीक है इस कारण से आपकी और आपके पापा की अधिकतर ज्यादा तबियत खराब होती है आपके और आपके पापा और किसी लड़ाई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें आई हुई है एक्चुअली uh, कुछ ऐसा तो ज्यादा नहीं मगर परिवार में हुआ है बट जमीन वगैरह uh, को लेकर हुआ है क्या कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी जमीन को को लड़ाई नहीं हुई है जमीन एक्चुअली हमारी हेलो आवाज कट रही है गुरु जी बोलो बोलो uh, जमीन के लिए uh, actually, हमारी कोई ऐसी जमीन है ही नहीं वैसे तो नहीं मतलब लड़ाई वगैरह किस चक्कर में हो रखी है एक्चुअली परिवार में क्या है की माता गुट वगैरह पहले होती थी मैंने क्या आपके सिटी में रहता हूँ गुरु जी प्रोपर आपका गाँव जो है उसकी बात कर रहा हूँ जी हम नहीं जानते हम सालों से यहाँ पर ही हूँ मैं और मेरे फादर का जो बर्थ है वो यहाँ का ही है नहीं, नहीं। हम, एक्चुअली पता ही नहीं है उन्होंने एक्चुअली बुआ जी ने बताया था था ना तो राजस्थान का हाँ। गांव और उन्होंने चामुन माता ढूंढ के दी थी है, और उन्होंने है। बोला था एक दिया करने को तो वो अभी हाँ। एक्चुअली दिया करते हैं इसके आ, क्या बोलते हैं वो पानी के ऊपर तो जी बात है सबसे पहले तो जो मिर्डी माता आई हुई है आपके घर पे भेजी हुई है सबसे पहले तो उनका निवारण करो आप सिंपल सिंपल बात बात बात है है है है करो कि मेल्डी माता आपके ऊपर क्यों नहीं खेल रही है, उसके बाद खिलाने का काम मेरा फिर से लगती है और वो फिर सबको पता है कि मैं फीस कितनी लेता बेटे बेटे हैं, जी. जी से आप से सकते, उन्होंने चाम का भी करोड किया दिखाई नहीं दे रहे कौन मैं दिखाई दिखाई नहीं दे रहा हूं आप दिखाई दे रहा तो आप <laughs> रहे हो एक्चुअली मैंने किया ना थोड़ा था जी जी क्या फीस ली थी आपसे चाहूंगा बात है सबको पता चलना चाहिए मैं छुपा था कुछ नहीं हूँ उसके Hello. और तीस हजार रुपए और सवारी के और डिब्बी okay. काम होता जी. है लोग खुश होते हैं डालूंगा यह वाली वीडियो चैनल पर डलेगी एक बार ये वीडियो देख लेना इसमें अष्टलक्ष्मी महायोगी की फीस दी थी जो आशीष बरगल ने उन्होंने इक्यावन सौ रुपए उनका काम तीन दिन के बाद से ही होना लग गया था तो मेन चीज वो होती है की आपको सही से गाइड मिलेगी और सही से चीजें मिलेगी अब जैसे बुआ जी ने आपको बोल दिया कि ये करो वो करो लेकिन आपको ये चीज खुल के नहीं बताई कि आपके जो घर पे मेडी माता आई हुई है वो किसी ने रोग में पहुंचा ही हुई है और जब तक उनका निवारण मतलब नहीं होगा तब तक कहीं से भी रास्ता किस तरीके खुलेगा ही नहीं किस तरीके के झगड़े से आई हुई है ये थोड़ा बहुत जान सकता हूँ देखो मेरे इसमें आया जमीन का जमीन से रिलेटेड कोई झगड़ा है अब वो समझ में नहीं आ रहा है जमीन का आपका क्या मैटर है बाकी आई हुई है झगड़े में जमीन तो एक्चुअली है ही नहीं हमारी एक्चुअली बहुत टाइम से सालों से हम यहां सिटी में। और क्या है? के का माता भी कोई नहीं, भी है। माथा उस से भी कोई नहीं भी हुई है एक्चुअली माथा कुट हमारे परिवार में किस तरीके की थी की ये जो देखा जाए तो एक्चुअली क्या है ना वो ऑफ हो गई मतलब मेरी नानी तो तब की माथा कुट मेरे नाना के वहां पर चल रही है उसके बाद में थोड़ी बहुत माथागुड़ मेरी मौसी वगैरह के वहाँ चली थी और उसके बाद दूसरी मौसी है ना उनके वहाँ चली थी उनके वहां से पहले वाले बोआजी ने एक्चुअली माथागुड़ हुई थी ना तो उन बोआजी ने बताया था कि आपके ऊपर वो जो बड़ी वाली मौसी उनके वहां से किया हुआ था एक्चुअली बताया नहीं था नाम बट उन्होंने बोला ये चीज जैसे ही मुड़ेगी ना तुमको पता चल ही जाएगा क्योंकि ये जाएगी तो डबल रफ्तार में, भी भी। में कंकाज वगैरा चालू हो गए थे तो कालका कालका एक्चुअली हमें उन्होंने बुआ जी ने पहले से बताई थी तो हम उसको पूछना चालू किया था तो उस माता ने एक्चुअली कहा था की आपकी कालका ने ही रोका हुआ है उसको और वापिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो तो तुरंत ही जैसे वापस किया में था, तो था तो हुए है माता का आया हुआ और सिंपल जी बात है कि वो किसी लड़ाई झगड़े में, में जमीन वगैरा को यू लेके नहीं हो या फिर घर वगैरह को लेके किसी चीज को हो उस चक्कर में आए हुए जी सिंपल जी बात है सवारी वगैरह का और इनका सबका रास्ता तो आगे खुलता जाएगा जी, सिंपल सी बात एक, है सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा बिना सेवा के कोई चीज नहीं मिलेगी सिंपल सी बात, बात है पहले मैं सेवा करोगे तो आगे का रास्ता खोलने की जवाबदारी मेरी सही बात है वो सेवा करोगे तो मैं देवी देवता से एक हट भी कर सकता हूँ की नहीं आपकी सेवा करिए तो आपको आना पड़ेगा सिंपल सी बात यह है मैं कुछ बोल सकता हूँ लोग यूँ सोचते है भैया पैसे दिए पेमेंट करिए और हमको तो अब चीजें एंड एंड टू हाथों हाथ मिलना ऐसा तो बोला था आपके जी को पूछते थे और ये बीच में बताया था राजस्थान का ही है मेवाड़ में तो वहाँ जो कालका है वो हमारी भी है एक्चुअली वो जो गोला राणा की कालका बोलते है वो एक्चुअली uh, आप लोग वहां जाके भी किसी को भी बोलोगे तो वो बोलेगा ही कि वो आप ही है ऐसा तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था मुझे तो हुआ अगर फिर थोड़ा बहुत कि इस तरीके की परिस्थिति भी चल रही है और मम्मी की भी तबियत खराब रहती है साथ में और क्या है घर में कलश वगैरह मम्मी के साथ ज्यादा होता है और कुछ सुनती नहीं है ऐसा है वैसा ऐसा सब कुछ होता है चलो ठीक है जूम यूजर से फोन आया नया सामने चेहरा दिखा कम तो कम से मेरे को सर आ? आ भाई सब चले गए वो तो हेलो हाँ ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है देखता हूँ बाकी आप मेरे को कॉल मैसेज कर लेना मैं आपको पूरा समझा दूंगा ठीक है जी ओके okay, ओके okay, जी. जी ओ बोलिए हेलो मेरा, तो मेरा, तो मेरा मेरा मेरा मेरा तो तो स्कैन स्कैन कीजिए कीजिए इसका वो सब चीज चली गई चली गई तभी तो आराम है चीज जाएगी तो आराम होगा ना बिना चीज गए आराम कैसे होगा आज सोना आज दूसरी चीज तो नहीं, नहीं ना। ना है बोल दूसरी कोई चीज नहीं है ना नहीं, नहीं है एक चीज है उस चीज को ही नहीं है सिंपल सी बात है उस चीज को आके मैं कुछ छेड़ूंगा एक बात जो जो चीज है उस चीज को आके अब मैं छेड़ूंगा उस चीज को छेड़ना ही नहीं है अपने को, जो चीज है उसको ठीक है ठीक है सवाल हाँ बोलिए मनीष जी पैसों पैसो के रिलेटेड अष्टलक्ष्मी महायोगी का जो डिब्बी वगैरह का चार्ज है वो आप जोरा ची खाते डिब्बी से थोड़ा सा बढ़ के आता है ठीक है क्योंकि उसमें सारी चीजें और उसकी सामग्री पूरी अलग आती है वो पूरी प्रोपर चांदी की डिब्बी में ही तैयार होती है जी तो उसका होता है। उसका उसका ज़्यादा होता है आप अनुभव ले सकते हो आशीष बरगल जी का तीन दिन के अंदर ही ही उनको रिजल्ट दिया था डिब्बी की बात तो अलग ही हो गई बाकी साधना उसकी सोलह दिन की होती है सोलह दिन जैसे ही उठाते हो करते हो तो उसमें आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है तो सिंपल करोगे तो फल मिलेगा ये, काल का है, वो जान सकता हूँ कालका माता सालों से मैं पूछ रहा हूँ जैसे उन्होंने बताया था उस तरीके से उसके सैलरी आती है तो मैंने उसका मगर वो पीछे क्यों है उसकी तो सवारी कम से कम मानी चाहिए वो भी नहीं आ रही है सिंपल सी बात है पूरी तरीके से जब तक तो गाइडलाइन नहीं मिलती पूरी तरीके से जब तक तो प्रॉपर चीजें आपको कोई नहीं बताएगा तब तक कुछ होना जाना नहीं है एक एक चीज बोलता हूँ मेरे वीडियो में कि भैया ouais, आप आप बोलते हो कि मैंने तो माताजी को हवन भी करा मैंने तो माताजी को छप्पन प्रकार की मिठाई भी दे दी मैंने तो माताजी के लिए लड्डू भी चढ़ा दिए मैंने तो माताजी के लिए नारियल भी चढ़ा दिया मैंने माताजी के लिए सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी माता सुन नहीं रही और माता कोई काम नहीं कर रही तो सिंपल सी बात है उसका प्रमाण इंसान के पास होना चाहिए कि मैंने जो भोग दिया वो माता ने लिया है या नहीं लिया सही बात है। एक्चुअली जी करके ऐसे आवाज़ नहीं आ रही किसी कारण से बना उनसे पूछा था कि वो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने जो प्रॉपर तरीके से सीखे है जिनको पता है कि हाँ उन्होंने मैंने अगर किसी के नाम से दो लोंग भी दिए है अभी मैंने नीरव का नीरव का क्या इनका करवाया था अपने हेमंत जी का इनके ऊपर चीजें लगी हुई थी इनके रिलेशन में किसी बंदे की तो इनसे मैंने सिर्फ बस पांच पता से दो लोगों के ऊपर इनकी चीज हटा दी और तुरंत इनको आराम हुआ तो सिंपल सी बात है इंसान के पास जब तक तरीका नहीं होगा जब तक सही से विधि नहीं होगी तब तक वो कोई चीज नहीं कर सकता करेगा तो भी उसको ये ये नहीं मिलेगा क्योंकि उससे ये पता ही नहीं चलता ना देवी खुश है या नाराज है जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उसका प्रॉपर आप करोगे नहीं सोल्यूशन तब तक कुछ नहीं होना जाना ये मेलेडी हो सकती है रीजन की उनके वहां पे भी मेलेडी है और एक्चुअली उनसे एक बार नहीं काल का दिक्कत कर रही है काल का दिक्कत कर ही नहीं रही है मेलडी माता दिक्कत कर रही है तो इस कारण से मैंने आपको उस चीज के बारे में पूरा प्रोपर बताया की वो किसी लड़ाई झगड़े में आई है मेरे इसमें जमीन वगैरह का कहीं आया था तो हो सकता है की कभी कभी कोई कोई चीज में चली जाती मनीष मनीष एक नहीं थे तीन से चार थे तो हो सकता किसी और किसी और है वाला लिख के था आपको। <laughs> और मनीष का एक और मनीष एक आप मनीष थे, थे एक और भी है मनीष तो वो क्या उस चीज में कंफ्यूजन होता है बाकी ये कौन आया जूम यूजर से सामने आओ ना चेहरा तो दिखा दो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय मा गुरुदेव आ जाओ अहमदाबाद से पार्थे पार्थाबाद हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। सारी सही थी हाँ सर वोतर का पता नहीं चल रहा है और वो एक आपने बोला था माता जी सामने नहीं आ रहे किसका एक माता जी सामने नहीं आ रहे आपने बोला था ना देखो वो उनका तो सिंपल सी बात है कि मिली माता ही हो सकती है वो जिसके पास सिकोदर माता का ये है कि सिकोदर माता का आ, पता करो सिकोदर माता है ओके और जो वो, थो थो बच्ची जो वो मरते हैं। उनको तो बिठा लेते हो ना तो हो सकता है की वो वही मर लेकिन अभी दादा से पहले कोई हो गया वो तो पता नहीं हाँ और वो सर में शक्ति वाला मंत्र कर सक हाँ कर सकते हो उसके लिए करो उनके नाम से दीपक करो उनके नाम से छह अगरबत्ती लगाओ और ओम आदिशक्ति राजेश्वरी महामाई मातेश्वरी मेलडी के जाप स्टार्ट कर दो उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत कम दिन में मिलेगा जी एक्चुअली क्या है थोड़ा फाइनेंशियली भी अभी बहुत टूटा हुआ हूँ तो इसलिए मैंने सोचा पहले क्या है थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा हो जाए उसके बाद में मैं ये आपने जो बताया वो भी करवा दू साथ में देखो ये कंडीशन है सबके साथ चलती है लेकिन एक बार करवाने के बाद ही इंसान को रिजल्ट मिलता है सिंपल बात ये है मनीष जी बात सही है जी ठीक है की माता रानी आप जी, सभी लोगों को खुश रखे आप सभी स्वस्थ रहे घर परिवार निरोग रहे और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें ठीक है जय भवानी जय मामिल रही बार मंगलवार के दिन आएंगे आप बिल्कुल जो साधना करना चाहता है वो साधना कर सकता है बहुत जल्दी मेरा शिविर भी लगने वाला है तो शिविर की जानकारी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दे दी है बाकी वीडियो में भी दे रहा हूँ इसी महीने में कभी भी शिविर लगा सकता हूँ तो उसमें जो आना चाहता है वो आ सकता है शिविर ज्यादा दिन का नहीं लगाऊंगा तीन दिन का ही रहेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज इक्कीस है उसके बाद रहना खाना पीना आपको आपके हिसाब से करना और साधना और भोग का चार्ज मैं आप लोगों को बता दूंगा की जो जो साधना करेगा उस हिसाब से उसका भोग दिया जाएगा सात्विक में करेगा उसका सात्विक में भोग लगेगा जो तामसिक में करेगा उसको में भोग लगेगा बाकी सभी को जय भवानी जय माड़ी माता रानी आप सभी को खुश रखें ठीक है मिलते हैं अगले रखे जून उसमें बात करते हैं आप लोगों के बारे में ठीक है आप इतने हाँ बोलिए अजय बोलो गुरु कब करेंगे गुरु जी के के लिए? लिए बात करने फोन कर सकते हैं हम हाँ फोन कर लेना ना कोई दिक्कत की बात नहीं आप कॉल कर सकते हो कभी भी, कभी भी मैसेज कर सकते हो कोई दिक्कत की बात ओ, नहीं बाकी चैनल का सपोर्ट बनाए रखो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों को जोड़ो ताकि उन लोगों के पास सही से और अच्छे से जानकारी मिलती रहे सिंपल सी बात ये देखो फ्री मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए सिंपल सी बात यह है अपना भी भला करो लोगों का भी भला करो मैं actually, मैं एक्चुअली एक्चुअली बहुत टाइम से करना चाहिए हाँ चीज़ सिंपल है, वो तो एक मन बना के और पूरा प्रोपर वो करके इंसान को आगे बनना पड़ेगा तो ही आगे जाके सारी चीजें हो सकती है जी मैं बहुत टाइम से आपकी चैनल एम बी एन के जो है वो मेरा है गुरु जी अच्छा, अच्छा अच्छा जी बहुत टाइम से से देख रहा रहा सोच कल कल से ये जो आप दे रहे हो उसके अंदर जुड़ू तो वैसे ही एक बड़ा झटका सा आ जाता है फिर ऐसा हो जाता है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं माता रानी आपका रास्ता निकाले वो माधी शक्ति राज राजेश्वरी महामाई मातेश्वरी मेलडी वाला जाप आप भी करिए ग्यारह दिन आपको माता रानी रस्ता दिखाएगी और होगा जैसे कि अभी वाली वीडियो YouTube पे तो इस का अनुभव आप सुनोगे को पता चल जाएगा कि सी बात यह है सही है लेकिन ये चीज करनी है बाकी जय भवानी जय मामी सभी भवानी जय मामी जी। हाँ बोलो मीटिंग मीटिंग का का टाइम टाइम फिक्स फिक्स ना भी करेंगे अभी क्या कि है आज तो बस एक चालू तो था था। क्या होता क्या नहीं होता बहुत टाइम बाद चालू करा रहा था इस कारण से फिक्स नहीं कर पाया बाकी आप फिक्स कर देंगे जूम मीटिंग का टाइम भी थीके? ठीक है जय माता जी जय माता